सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी लेकिन वो मंज़र भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी खुद की कामयाबी के लिए इतना वक्त लगा दो ख़ुद की कामयाबी के लिए इतना वक्त लगा दो कि लोगों की बुराई के लिए वक्त ही ना बचे संघर्ष में आदमी अकेला होता है संघर्ष में आदमी अकेला होता है सफलता में दुनिया उसकी साथ होती है जिस जिस पे दुनिया हंसा है जिस जिस पे दुनिया हंसा है आज तक उसी ने इतिहास रचा है अगर कोई तेरे साथ ना हो तो भी गम न कर ए मुसाफिर अगर कोई तेरे साथ ना हो तो भी गम न कर असाफिर क्योंकि दुनिया में खुद से बढ़ कर कोई दूसरा हम सफ़र नहीं होता अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता तब कदर ना होती किसी हुनर की तब कदर ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की आवश्यकता होती है लेकिन बड़ी कामयाबी को हासिल करने के लिए सबसे बड़े शत्रु की आवश्यकता होती है